दोस्तों हम पिछले डेढ़ साल से एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका कि कोई परमानेंट इलाज अभी तक नहीं है इस बीमारी के कारण बहुत सारे घर बर्बाद हो गए बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए बहुत सारे लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं दोस्तों इस बीमारी से केवल जीत वही पा रहा है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है जिसकी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है जो दोस्तों अपनी बॉडी पर काम कर रहा है अपनी फिजिक पर काम कर रहा है अपनी हेल्थ पर काम कर रहा है अगर एक बार आप बीमार हो गए उसके बाद आपको इलाज की प्रॉपर ज़रूरत है दोस्तों लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम है क्या कोई ऐसी थेरेपी है जिसकी कि मदद से आपको बीमारी का पता बीमार होने से पहले पता चल जाए जी हाँ दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी की साथ ही साथ में एक ऐसी थेरेपी की जिसमें कि दोस्तों आपको बीमारी का पता बीमार होने से पहले चल जाता है दोस्तों मैं हूं आशीष अग्रवाल आपका अपना बिजनेस दोस्त और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइजी बताओ दोस्तों फ्रेंचाइजी बताओ पर जो यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसका नाम है हेल्दी बिंग बायोफिजियोथेरेपी दोस्तों हेल्दी बिंग बायोफिजियोथेरेपी गुड़गांव बेस्ड एक ब्रांड है जो कि लोगों की हेल्थ पे काम करता है जो कि लोगों की वेलबींग well पे काम करता है जो कि दोस्तों लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरने का काम करता है दोस्तों इनके पास बहुत सारी ऐसे थेरेपीज और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी की मदद से जब आप इनके पास जाएंगे तो आपको ये बता देंगे कि कौन सी बीमारी आपको फ्यूचर में आ सकती है दोस्तों ये रेगुलर फ्री कैंप्स लगाते हैं और इन फ्री कैंप्स में बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं जब लोग इनके पास आते हैं तो वो एक मशीन की मदद से थेरेपी की मदद से ये बता देते हैं कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है अभी स्टेज वन पर है और फ्यूचर में ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और जब उसका एनालसिस वो करवाते हैं साइंटिफिकली तरीके से तब वही निकल कर आता जो ये बताते हैं जी हां दोस्तों ये पहले ही आपको बता देते हैं कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है और दोस्तों अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि कौन सी बीमारी होने वाली है तो उसका इलाज बहुत नॉर्मल तरीके से संभव है हमें एलोपैथी की दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी हमें अपने शरीर को दवाइयों से खराब नहीं करना पड़ेगा हम दोस्तों नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से अपनी बॉडी पर काम करके एक्सरसाइजेस की मदद से कुछ टॉनिक्स की मदद से हम अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं दोस्तों भगवान ने जो हमारी ये बॉडी बनाई है ये अपने आप में सबसे बड़ा अजूबा है दोस्तों हमारे अंदर जो हैं, हैं, हैं, जो जो हमारे अंदर सेल्स ये अपने आप में इतने कैपेबल कि किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं दोस्तों अगर आप पिछले डेढ़ साल में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जिसको भी कोरोना हुआ हर किसी की डेथ हो गई डेथ रेट मुश्किल से दो से तीन परसेंट है 97 -98 लोग और हेल्दी कैसे हो रहे हैं वो अपनी इम्यून सिस्टम के बदौलत हो रहे हैं तो कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं किस तरीके से आप अपने फिज़िक पर काम करें किस तरीके से आप अपने हेल्थ पर काम करें अगर आपका कोई लाइफ डिसऑर्डर है तो उसको आप किस तरीके से एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर जाएं इसी पर काम करता है हेल्दी बिंग बायोफिजियोथेरेपी इनके पास बहुत सारी अलग अलग थेरेपी हैं इन सारी थेरेपीज की मदद से ये आपकी लाइफ में वेल्बिंगनेस well का काम करता है दोस्तों हेल्दी बिंग बायोफिजियोथेरेपी अपनी फ्रेंचाइजीज लोगों को दे रहा है और इस फ्रेंचाइजी की मदद से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां पर कि आप भी मेडिकल लाइन में बिजनेस कर कर एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और ये प्रॉफिट के साथ साथ आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं दोस्तों ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है दोस्तों हेल्दी बिंग की फ्रेंचाइजी लेकर जो आप पैसा कमाते हैं ये प्योर वाइट मनी है प्योर वाइट मनी से हमारा मतलब ये है जहाँ पर जो आप पैसा कमाते हैं पैसे के साथ साथ आप लोगों की दुआएं भी कमाते हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी की लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं तो वो आपको दुआएं ज़रूर देगा तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है प्योरेस्ट वाइट मनी है ये दोस्तों हेल्दी विंग के साथ जुड़कर आप एक बहुत अच्छी इनकम आन कर सकते हैं दोस्तों हेल्दी विंग अभी आप सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है खासकर उन लोगों के लिए जो इस कोरोना काल में अपने कमाने वाले फैमिली मेबर को खो चुके हैं या फिर दोस्तों उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस लॉस्ट हो गया है आप हेल्दी विंग के साथ जुड़कर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं अभी बिजनेस कैसे इस्टैब्लिश करें कैसे आपको हेल्दी हेल्प करेगा अपने बिजनेस को इस्टैब्लिश करने में मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों जो हेल्दी ये ऑफर रन कर रहा है जो सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट कर रहा है ये थर्टी ऑफ जून दो तक है उसके बाद आपको नॉर्मल पैसे पे करने पड़ेंगे अभी जो स्पेशल ऑफर है यह आपको नहीं मिलेगा तीस जून दो के बाद दोस्तों हेल्दी बिंग आपसे कोई भी फ्रेंचाइजी फीस चार्ज नहीं करता है नॉर्मली जब आप हेल्दी बिंग की फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं तो इनकी फ्रेंचाइजी फीस दो लाख रुपए है दोस्तों लेकिन अगर कोविड की वजह से आपने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया है या फिर दोस्तों आपका बिजनेस लॉस हो गया है इस केस में हेल्दी बिंग अपनी फ्रेंचाइजी फी आपके लिए वेब कर देगा कोई भी फ्रेंचाइजी फीस के पैसे नहीं लेगा आपको केवल अपने घर से इस सेंटर को रन करना है जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई रेंटल प्रॉपर्टी लेनी है अगर है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो दोस्तों आप अपने घर से ही हेल्दी बिंग का बायोफिजियोथेरेपी वेलनेस सेंटर रन कर सकते हैं और ये सेंटर रन कर बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं आप... दोस्तों हेल्थी बिंग आपको पूरी ट्रेनिंग देगा किस तरीके से आपको इलाज करना है क्या क्या थेरेपीज होती है किस तरीके से थेरेपी की जाती है आपको केवल कुछ मशीन परचेज करनी पड़ेंगी, जो कि दोस्तों आसानी से से दो लाख रुपए के बीच में आ जाती हैं या फिर आप जब आपको अलग अलग तरीके से इनकम होती है पर विजिट इनकम भी आती है जब कई लोग आपसे मंथली में ऐसे में दोस्तों अगर आप एक महीने दो महीने अच्छे से काम ले करेंगे कि मैं अपने लोकल इलाके में अगर आप प्रमोट कर देंगे तो आसानी से आप महीने का 30,000 से लेकर 50,000 रुपए हेल्दी बिंक के साथ जुड़कर कमा सकते हैं बहुत सारे लोग इनसे जुड़कर लाखों रुपए महीना भी कमा रहे हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसी कंडीशन में अगर तीस हज़ार पचास हज़ार साठ हज़ार रुपये महीना भी आ जाता है तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है और सपोर्ट के साथ साथ दोस्तों जैसे जैसे आपके पास लोग जुड़ने लगे जैसे जैसे लोग आपके से इलाज लेने लगे वैसे वैसे आप अपनी मशीन्स बढ़ाते चलिए अपने कैबिन्स बढ़ाते चलिए सो देट कि आपकी इनकम भी बढ़ती चले यहाँ पर जो इनकम है एंडलेस है दोस्तों और जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो आपके लिए रेगुलर बेसिस पर होते हैं दोस्तों यहाँ पर जो मेनली आपके ग्राहक होते हैं वो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स के ग्राहक होते हैं जैसे कि अगर कोई जैसे कि दोस्तों अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा कोई बीपी का पेशेंट है वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा कोई ओबिसिटी का है या फिर दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बंसीव नहीं होता है बच्चा नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में इस चीज़ की भी इलाज इनके पास कैंसर जैसी बीमारी का इलाज भी है तो दोस्तों ऐसे केस में जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं आप उनको थेरेपी देते हैं आप उनका इलाज करते हैं और इलाज के साथ साथ दोस्तों आप उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहां पर आपको इनकम तो आती ही आती है साथ में आप लोगों का भला भी कर रहे होते हो दोस्तों यहां पर हेल्दी बिग बायोफिजियोथेरेपी ने भी कुछ अच्छा करने की सोची है दोस्तों इनकी सोच को आप सभी लोग एप्रिसिएट करिए और अप्रिसिएट आप लाइक से कर सकते हैं कमेंट से कर सकते हैं एक बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है जहां पर ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं बिना किसी फ्रेंचाइजी फीस के अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं मतलब पूरे पूरे दो लाख रुपए का फायदा आप सभी को हो रहा है, से लेकिन चाहता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों आप कमेंट में जो गूगल फॉर्म है उसे भी फिल कर सकते हैं और आप इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं बहुत ही अच्छा बिजनेस है मेडिकल लाइन का बिजनेस है यह बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है कभी नहीं फेल होने वाला बिजनेस है क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे लोगों की लाइफस्टाइल जो बिगड़ती जा रही है उसको सुधारने का काम आप करेंगे और लाइफस्टाइल तो रहनी, रहनी रहनी ऐसी तो आपके पास लोग आने ही आने हैं तो दोस्तों हेल्थी बिंग बायोफिजियोथेरेपी एक ऐसा ही बिजनेस है ऐसे ही कुछ बिजनेस मैं आपके लिए आगे भी लेकर आऊंगा देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ मैं हूं आशीष अग्रवाल आपका अपना बिजनेस दोस्त अगर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कौन सा बिजनेस आइडिया है जो आपको अट्रैक्ट करता है आप मुझे कमेंट करके बताएं हो सकता है दोस्तों उसी टॉपिक पर मैं अगला वीडियो के लिए लेकर आऊं जय हिंद जय जै भारत